दे रहा हाथ <laughs> गया तेरे प्यार्यार्यारे प्यार वाले टेस्ट हो गया प्यार वाले टेस्ट हो गया तेरे प्यार वाले प्यार वाले प्यार वाले प्यार वाले, प्यार वाले ले भी ना हो दिल वाली गल तेन कैंग सी आउी मेथों लै वाला हो गया तेरे प्यार वाले प्यार वाले प्यार वाले प्यार वाले प्यार वाले टेस्ट फेल हो गया तेरे प्यार वाले प्यार वाले प्यार जाने तू पैसा पैसा कर दी मैं तेरे मारी दा तू पैसे प्यारू ना जाने नी तू पैसा पैसा कर दी है तेरे उ मर दा तू पैसे उ मर दी छर पिछे मार दिल हो गया दिल हो गया तेरे प्यार वाले, प्यार वाले प्यार प्यार प्यार वाले, वाले, वाले डस्ट फेल हो गया तेरे प्यार वाले प्यार वाले प्यार वाले प्यार वाले